हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू नो स्कूल प्रोग्रामर आज के इस वीडियो में आप लोग सीखोगे कि आप किस तरह से एक प्लेयर लाइब्रेरी जो कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग एंड मीडिया स्ट्रीमिंग लाइब्रेरी है उसे आपके प्रोजेक्ट में किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो ये एक फुल कोर्स है एक प्लेयर के ऊपर जिसमें कि जितने भी सारी चीज़ें हैं मैंने इसमें समअप की है और ये पूरा वीडियो आपको सिखाएगा एक्सो प्लेयर को किस तरह से कस्टमाइज करना है किस तरह से उसे इंटीग्रेट करना है आपके आप में सो लेट्स ये आप क्या क्या सीखने वाले हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे एक्सो प्लेयर क्या होता है एंड इसे कैसे यूज करना है नेक्स्ट वाट आर द एडवाटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सो प्लेयर एक्सो प्लेयर हमें क्यों यूज करना चाहिए राइट right? जो भी बड़े प्लेयर्स है लाइक नेटफ्लिक्स Amazon, YouTube, ये अपने एप्लीकेशन में एक्सो प्लेयर को क्यों यूज करते हैं एंड क्यों यूज करने से बड़ा क्वेश्चन है किस तरह से इसे यूज करते हैं डायनामिक एडेप्टिव स्ट्रीमिंग क्या होता है और इसे किस तरह से नेटफ्लिक्स यूज़ करता है किस तरह से यूट्यूब यूज़ करता है और बहुत सारे एप्लीकेशन जो मेजर एप्लीकेशन है वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। एंड किस तरह से आप लोग इसे यूज़ करके आपकी वीडियो क्वालिटी को हाई कर सकते हो आपका जो एप्लीकेशन है उसे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो ये भी आप इस वीडियो में सीखोगे नेक्स्ट आप सीखोगे किस तरह से एक सिंपल एक्सो प्लेयर को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसके बाद हम उसे कस्टमाइज़ करेंगे देन हम देखेंगे किस तरह से प्लेलिस्ट को क्रिएट करना है एंड उस प्लेलिस्ट को हम एक्सो प्लेयर में कैसे प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट आप लोग देखोगे कि फायरबेस से किस तरह से आपको जो वीडियोज है वीडियो उसे लाना है एंड एक्सो प्लेयर में वन बाय वन प्लेलिस्ट के फॉर्म में शो करना है या फिर डिस्प्ले करना है उसके बाद आप लोग सीखोगे किस तरह से जो आपने स्टोर किया है वीडियोज उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं ऑन एच प्रोटोकॉल जो हमारा यूट्यूब है उसमें आपने देखा होगा कि वीडियो के बीच में बीच में आपको एड शो होती है राइट right? जो कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बीच में भी आपको कहीं पर शो होगी तो ये किस तरह से होता है आप आपके एप्लीकेशन में जो वीडियो प्ले हो रहा है उसके बीच में एड डाल सकते हो राइट right? डाल सकते हो ये चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ सारी चीजों पर एंड इन डेप्थ पूरा का पूरा, पूरा एक्सो प्लेयर में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बनाइए एंड लेट्स गेट स्टार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सो प्लेयर क्या है राइट ExoPlayer एक मीडिया स्ट्रीमिंग लाइब्रेरी है जिसे कि हमें हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना पड़ता है और ExoPlayer को यूज़ करके हम लोग वीडियो एंड ऑडियो को स्ट्रीम कर सकते हो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो YouTube के स्क्रीन पर या YouTube के एप्लीकेशन में तो आप उसे एक फ्रेम में देख रहे हो राइट उसके नीचे आपके पास कुछ बटनस होंगे एक लाइक like का बटन होगा लाइक like कर दो सेकेंड आपके पास शेयर का बटन होगा शेयर भी कर दो एंड आपके पास एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगे पर जो वीडियो प्ले हो रहा है वो एक स्पेसिफिक फ्रेम में हो रहा है राइट स्पेसिफिक फ्रेम में नहीं वो एक वीडियो प्लेयर में प्ले हो रहा है सो so, ये जो प्लेयर है वो हमें एक्सो प्लेयर प्रोवाइड करता है एंड उसी को यूज़ करके हमें और भी लाइब्रेरीज uh, मिलती है एक्सो प्लेयर की तरफ से जिसको यूज़ करके हम इस वीडियो को हमारे एप्लीकेशन में प्ले कर सकते हैं सो दिस इज़ एक्सो प्लेयर लेकिन क्यों एक्सो प्लेयर को ही यूज़ करना राइट right? क्योंकि हमारे पास मीडिया प्लेयर भी तो है अगर आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखा होगा कहीं से तो आपने वीडियो व्यू के बारे में सीखा होगा एंड मीडिया क्लास सो जो वीडियो व्यू होता है वो भी एक्सो प्लेयर का जो व्यू है जो एक्सो प्लेयर का प्लेयर है उसी की तरह एक व्यू होता है जिसमें कि वीडियोस को प्ले किया जा सकता है एंड जो हमारा मीडिया प्लेयर है वो एक क्लास है जावा का या कह सकते हो एंड्रॉयड का जिससे कि हम लोग मीडिया फॉर्मेट्स को प्ले कर सकते हैं बहुत सारे मीडिया फॉर्मेट्स है जैसे कि एम फॉर्मेट है एम फॉर्मेट है अगर सॉन्ग्स की बात करें तो एम पी है इन सभी फॉर्मेट्स को प्ले करना है जो मीडिया उसे हमारे एप्लीकेशन में प्ले करना है तो हम लोग मीडिया क्लास को ही यूज़ करते हैं बट व्हाई हमें एक्सो प्लेयर को ही यूज़ करना है उसके लिए जानते हैं कि जो बिग प्लेयर्स है लाइक यूट्यूब ये लोग यूज़ करते हैं नेटफ्लिक्स एमेज़ॉन प्राइम आप अगर बात करें एम प्लेयर की जियो सिनेमा की हर एक चीज़ जो भी मीडिया से रिलेटेड है सारे लोग एक्सो प्लेयर को यूज़ करते हैं आज के टाइम में बट वाई बिकॉज एक्सो प्लेयर के बहुत सारे एडवांटेजेस है अगर एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट है डायनामिक एडोप्टिव स्ट्रीमिंग इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या होता है डायनामिक एडोप्टिव स्ट्रीमिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एंड इसे हम डिटेल में कवर करेंगे जो हमारा एक्सो प्लेयर है वो फुल्ली कस्टमाइजेबल है अगर हम वीडियो व्यू को यूज़ करते हैं तो इतने सारे कस्टमाइजेशंस अवेलेबल नहीं होते आपने देखा होगा जब हम यूट्यूब का जो स्क्रीन है उसमें डबल टैप करते हो तो आपका वीडियो फाइव सेकेंड स्किप हो जाता है ये कस्टमाइजेशन है राइट आपने अगर जियो सिनेमा यूज़ किया होगा तो वहाँ पर अगर आपने एक मूवी देख रहे हो आप उसे टच करते हो स्क्रीन को तो लेफ़्ट साइड में आपको जो भी कैरेक्टर्स है जो करंट फ्रेम में प्रेजेंट है उनका नाम आता है राइट आपने देखा होगा एमएक्स प्लेयर में आपको वहाँ पे अलग डिज़ाइन मिलता है ये सारी चीज़ें ये सारे कस्टमाइजेशंस हम लोग कर सकते हैं यूजिंग एक्सो प्लेयर एंड इस वीडियो में आप देखोगे किस तरह से ये कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो एंड आप पूरा एक्सो प्लेयर सीखने वाले हो अब कोई भी चीज़ के जब एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं राइट और हमें उसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने चाहिए अब एक्सो प्लेयर का एक मेजर डिसएडवाटेज ये है कि ये बैटरी बहुत कंज्यूम करता है एंड सेकेंड डिसएडवाटेज है कि इसका साइज़ ज़्यादा होता है सो so आपका जो आपका साइज़ है फाइनल साइज़ वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने बहुत सारे एक्सो प्लेयर के व्यूज़ यूज़ किए अपने एप्लीकेशन में और एक चीज़ है अगर आपको वीडियो की जगह अगर आपको एम पी थ्री फाइज प्ले करने हैं आपके एप्लीकेशन में तो आप मीडिया क्लास को यूज़ कीजिए एक्सो प्लेयर को ना यूज़ कीजिए क्योंकि इससे जो आपका एप्लीकेशन है उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी एंड आपका एप्लीकेशन इतना रिलाईबल नहीं होगा नेक्स्ट थिंग हमारे पास है कि नेटफ्लिक्स एमेज़न प्राइम क्यों एक्सो प्लेयर को यूज़ सो so, उसका आंसर है डायनामिक एडेप्टिव स्ट्रीमिंग अब डायनेमिक एडेप्टिव स्ट्रीमिंग क्या है सो डायनमिक एडेप्टिव स्ट्रीमिंग को हमें एक एग्जांपल से समझता है अगर आप लोग कोई वीडियो एंजॉय कर रहे हो यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर एंड आपके पास बहुत सही वाईफाई है हाई स्पीड है बहुत अच्छी बैंड है राइट आप मस्त बैठे हो एक मूवी लगाइए आपने यूट्यूब पर या कोई वीडियो आप देख रहे हो एंड आप मस्त इन्जॉय कर रहे हो वन पे बट सडनली क्या होता है आपका जो बैंड है वो डिक्रीज या ड्रॉप डाउन हो जाता है अब आपने देखा होगा जब भी आपका भी आपका बैंड ड्रॉप डाउन होता है तो यूट्यूब क्या करता है ऑटोमेटिकली आपका जो वीडियो का क्वालिटी है उसे डिक्रीज़ कर देता है uh, 240 फोर पी या फिर थ्री पी पे सो so, ये होता है हमारा एडेप्टिव डायनामिक स्ट्रीमिंग ये किस तरह से काम करता है इसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं और एक एग्जाम्पल की हेल्प से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक एप्लीकेशन है और उसमें आपको एक फ़ाइव मिनट्स का वीडियो प्ले करना है अब जब आप फाइव मिनट्स का वीडियो प्ले करोगे तो आप लोग उसे स्टोर करोगे किसी सर्वर पर राइट एंड वहाँ से आप उसे स्ट्रीम करोगे आपके एप्लीकेशन के अंदर अब आप जब आपके सर्वर पर इस वीडियो को स्टोर करोगे तो आपको करना यह है कि उस 5 मिनट के वीडियो को 10-10 सेकंड के वीडियोज में डिवाइड कर देना है एंड देन उसे अलग अलग फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करना है एंड और एक चीज़ आपको करनी है कि उसे डिफरेंट क्वालिटी फॉर्मेट्स में स्टोर करना है अगर आपके पास 10 सेकेंड का एक वीडियो है जो कि 5 मिनट्स का जो वीडियो उसका एक पार्ट है उसके भी आपको सब टाइप्स बनाना है एक होगा 360p का वीडियो एक होगा सेवन का पी का वीडियो एक होगा 720p का वीडियो एक होगा 1080p का वीडियो ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट्स के आपको वीडियो फाइल्स बनाने हैं देन आपको उसे स्टोर करना है सर्वर सो सबसे पहले जब भी आपके एक्सो प्लेयर में ये वीडियो रन होगा तो उससे पहले एक फाइल रन होगी जो कि होगी डॉट फाइल इस फाइल को मैनिफेस्ट फाइल भी कहा जाता है अब ये फ़ाइल क्या है तो इस फाइल में सारे यू या सारे एड्रेसेस स्टोर होते हैं इन स्मॉल स्मॉल चंक ऑफ फाइल्स जो हमने अभी 10 सेकंड uh, के वीडियोज़ जो डिवाइड किया था एक पाँच मिनट के वीडियो को 10 सेकंड की वीडियोज़ में उससे आपने कहीं पर स्टोर किया होगा उसकी लोकेशन इस फाइल में स्टोर होती है एंड होता क्या है uh, इस चंक्स को लोड किया जाता है एक सौ में वन बाई वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेन सेकेंड्स का चंक डाउनलोड करेगा एंड देन शो कराएगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो अगला 10 सेकंड्स का वीडियो डाउनलोडिंग पे लगा होगा एंड वो डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह से पार्ट्स में वीडियोस डाउनलोड होंगे एंड जब भी भी आपकी बैंडवे है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे थे इस टाइम पर हाई क्वालिटी में तब पूरा डाउनलोड हो चुका था एक चंक लेकिन सडनली जो बैंडवेथ है वो डिक्रीज हो गई सो तो अगला जो चंक होगा वो अलग वीडियो क्वालिटी में डाउनलोड होगा वो थ्री में डाउनलोड होगा राइट तो इस तरह से एडेप्टिव डायनेमिक स्ट्रीमिंग जो है वह वर्क करता है अभी हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं किस तरह से आप लोग आपका फर्स्ट एक्सोप्लेयर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो किस तरह से एक्सोप्लेयर जो है वो सिंपल एक्सोप्लेयर है वो किस तरह से आपके एप्लीकेशन में आप इंटीग्रेट करोगे एंड उसमें किस तरह से वीडियो को प्ले करोगे यूजिंग यू आर जो कि किसी सर्वर पर स्टोर होगा तो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन जहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करने वाला हूँ एंडलो स्टूडियो का सो क्रिएट अव प्रोजेक्ट एंड मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ एम एक्टिविटी को और स्क्रैच से हम पूरा डिजाइन करने वाले इस एप्लीकेशन को एक नेम एंटर करना है मुझे सो मैं एक सो प्लेयर ही एंटर करता हूँ एक्सौ प्लेयर और ट्यूटोरियल, ओके एक सौ प्लेयर के ऊपर पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है तो फिनिश यहाँ पर हमारे पास हमारा एक नया प्रोजेक्ट रेडी है ये मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट है एंड ओके डोंट शो दिस डायर फ्यूचर तो ये थोड़ा टाइम लेगा हमारा ग्रेड एल ब्रिट जो प्रोसेस है वो चालू है एंड ये थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएंगे एंड जब ये खत्म हो जाएंगे वहीं पर मैं आपको मिलूंगा मेरा एल ब्रिट कम हो चुका है और मेरा प्रोजेक्ट रेडी है अब हम लोग एक्सो प्लेयर को इंटीग्रेट करने वाले हैं सो so, देख सकते हो हमारे पास दो फाइल्स है एक्सएमएल फाइल एंड मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में मैं जो लेआउट एक्सो प्लेयर का वो क्रिएट करूंगा लेकिन उससे पहले Uh, जैसे आप जानते हो एक्सो प्लेयर जो है वो एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है सो so उसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रॉयड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये अपने आप जो एंड्रॉयड हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो और उसकी लाइब्रेरीज है उसके साथ इंटीग्रेट होकर नहीं आता है सो so उसके लिए मैं यहाँ पर जो एक्सो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एक्सो प्लेयर uh, पर जाऊँगा एंड यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ने से अच्छा इंटरेक्टिव वीडियो देख लेना तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है मैंने सारी चीज़ें ये पढ़ी है स्टडी किया प्रॉपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है यहाँ पर हेलो uh, वर्ल्ड में यहाँ पर आपको जो है डिपेंडेंसी मिल जाएगी ये एड है एक्सो प्लेयर मॉड्यूल यहाँ पर देख सकते हो आप ये इम्प्लीमेंटेशन की ये जो डिपेंडेंसी है ये आपको कॉपी करनी है एंड uh, यहाँ पर देख सकते हो आप वर्जन नहीं रिटर्न है यहाँ पर देख सकते हो कि जो वर्जन है वो दिया नहीं है वर्जन आपको यहाँ से लेना है सो so, हमारा जो वर्जन लेटेस्ट वर्जन है वो है टू 0.1. वन तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में आऊँगा एक्सो प्लेट ट्यूटोरियल जो हमारा प्रोजेक्ट है ग्रेटर स्क्रिप्ट एंड मॉड्यूल डॉट ग्रेटर यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज दी गई है अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में डिपेंडेंसीज को ऐड करना है तो आप लोग इसे सीख सकते हो क्या होता है डिपेंडेंसीज और आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है सो तो आप लोग इस मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है एंड सो so, जो build.gradle है यहाँ पर हमें उस डिपेंडेंसी को पेस्ट करना है एंड यहाँ पर जो वर्जन है वो एंटर करना है हमें सो वर्जन टू कौन सा वर्जन था वन ओके एंड देन यहाँ पर सिंक नाव पर क्लिक करना है अब जो भी सारी लाइब्रेरीज है एक्सो की वो जहाँ पर भी स्टोर है ऑनलाइन वहाँ से डाउनलोड होकर हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें इंटीग्रेट हो जाएगी एंड देन हम लोग एक्सो को हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं सो so, डाउनलोड होकर देख सकते हो आप यहाँ पर और डाउनलोडिंग एक्सो प्लेयर आ रहा है, सो तो कुछ वेट करते हैं एंड मैं आपको वही मिलूँगा जहाँ पर ये सारी लाइब्रेरीज़ डाउनलोड हो चुके होंगी सो so, सारी लाइब्रेरीज़ डाउनलोड हो चुकी हैं, एंड अभी हम लोग एक्सो प्लेयर को यूज़ कर सकते हैं सो so, मैं मेन एक्टिविटी डॉट एक्स जो जो फाइल है उसमें आ जाऊँगा एंड यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाला है हम लोग एक ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाले हैं जिसमें कि वीडियो प्ले हो सके जो कि हमारा सिंपल एक्सो प्लेयर का एप्लीकेशन होने वाला है अब वीडियो प्ले करने के लिए हमें क्या चाहिए सो वीडियो प्ले करने के लिए हमें एक सिंपल प्लेयर चाहिए जिसमें कि हम लोग वीडियो को प्ले कर सकते हैं सो एक्सो प्लेयर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स प्रोवाइड करता है सो so, फर्स्ट है हमारा एक सिंपल एक्सो प्लेयर व्यू जिसमें कि हम लोग प्लेयर uh, को प्ले कर सकते हैं देन हमारा होता है प्लेयर व्यू देन हमारा होता है स्टाइल्ड प्लेयर व्यू और तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रिएट करना एक प्लेयर तो so देख सकते हो एक प्लेयर की जो लाइब्रेरी है उसमें से जो यूआई एलिमेंट्स है उसमें हमारे पास है प्लेयर कंट्रोल व्यू स्टाइल प्लेयर व्यू सो so ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल है जिसमें की वीडियो को हम प्ले कर सकते हैं सो स्टाइल प्लेयर व्यू है मेरे पास स्टाइल प्लेयर कंट्रोल व्यू है मेरे पास सब व्यू है जिसमें कि सब भी शो हो सकता है स्ट्रैक सेलेक्शन व्यू है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट करूंगा सिंपल एक्सो प्लेयर व्यू जो कि सबसे सिंपल होगा तो hmm. so, ये सेकंड वाला है ना प्लेयर व्यू इसे मैं क्रिएट करूंगा एंड इसकी विड दे दूंगा मैच पैरेंट एंड हाइट में दे दूंगा अराउंड फोर हंड्रेड डी तो so, यहाँ पर राइट right साइड में लेआउट सेक्शन में देख सकते हो इतना हमारा एक प्लेयर क्रिएट हो चुका है आप इसे अपने हिसाब से कोई भी साइज दे सकते हो आई गेस थ्री हंड्रेड देना ठीक होगा तो मेरे हिसाब से थ्री हंड्रेड ओके है इसे मैं कंसेंट कर दूंगा यहाँ से ओके okay, एंड अब जो हमारा व्यू है वो रेडी है अब व्यू क्या करेगा व्यू में हमारा जो वीडियो वो प्लेन वाला है अब वीडियो में डायरेक्ट अब ये जो हमने क्रिएट किया ये एक व्यू है अब इसमें डायरेक्टली हम लोग वीडियो को नहीं प्ले कर सकते उसके लिए हमें एक प्लेयर की ज़रूरत है जिस तरह से हम लोग जब हम लोग वीडियो व्यू को देख रहे थे तो वीडियो व्यू में होता क्या है वीडियो व्यू जस्ट एक व्यू है व्यू मतलब एक कंटेनर है अब उस कंटेनर में हमें कुछ चाहिए जिसमें जिसकी वजह से वीडियो प्ले हो सके सो so ये जस्ट एक कंटेनर है जिसमें कि हम लोग एक प्लेयर को यूज़ करके वीडियो को प्ले करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इसे एक आई भी दूँगा ताकि मैं इससे डिक्लेयर कर सको आई डी आई डी प्लेयर एक्सो प्लेयर मैंने इसे एक आईडी दे दी नेक्स्ट uh, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा फंक्शन को यूज करके मैं इसकी आईडी फाइंड आउट कर लूंगा एंड एक्सो प्लेयर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाईड अगर आप एकदम बिगिनर हो एंड्रो डेवलपमेंट में तो आपको रिकमेंड करूंगा मास्टर क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए फ्री मास्टर क्लास है जिसमें मैं लाइव आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें डिटेल में तो so, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका वहाँ तो से आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट अब मैं करूंगा ये कि एक हमें प्लेयर चाहिए जिसमें कि वीडियो प्ले हो सके अब हमने जस्ट एक व्यू क्रिएट किया है एक कंटेनर क्रिएट किया है उसके लिए प्लेयर के लिए मैं एक प्लेयर क्लास को यूज़ करूंगा एक प्लेयर देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेयर एक क्लास है जो कि एक प्लेयर की जो लाइब्रेरीज़ है वो हमें प्रोवाइड करती है एक प्लेयर डॉट सॉरी एक प्लेयर एक प्लेयर और इसका मैं एक प्लेयर व्यू कर देता हूँ नाम ताकि दोनों का नाम सेम ना हो एक प्लेयर व्यू तो ये एक व्यू है जस्ट ओकेयर प्लेयर इज इक्वल टू न्यू प्लेयर एक्सो प्लेयर डॉट बिल्डर एंड यहाँ पर बिल्डर के अंदर हमें कॉन्टेक्स पास करना होता है अब context क्या होता है कि आ, किस एक्टिविटी में आप हो सो so, यहाँ पर मैं this पास कि इसी एक्टिविटी में मैं यूज करने वाला मेरा हूं प्लेयर डॉट बिल्ड इतना लिखने के बाद हमारे एक प्लेयर रेडी हो जाएगा अब प्लेयर को यूज करके हम सारी फंक्शन या सारा मीडिया एक्सेस करने वाले हैं। मतलब तो प्लेयर में ही हम लोग जो वीडियो इंसर्ट करेंगे प्लेयर में हम जो कंट्रोल्स so, है उन्हें इंसर्ट करेंगे सो प्लेयर हमारे एक मेन ऑब्जेक्ट है एंड जो हमारा व्यू है एक्सो प्लेयर व्यू उसमें हमारे प्लेयर को हम सेट करेंगे डॉट सेट प्लेयर एंड मैं उसमें डाल प्लेयर सो व्यू के अंदर हमने एक प्लेयर को रख दिया है एंड प्लेयर के अंदर हम लोग एक्सेस करेंगे वीडियो को मतलब तो हम प्लेयर के अंदर वीडियो को डालेंगे एंड वीडियो एंड उस प्लेयर को व्यू में डाल देंगे ओके okay. नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा प्लेयर के अंदर मीडिया सेट करना पड़ेगा प्लेयर डॉट सेट मीडिया आइटम अब इस मीडिया आइटम के अंदर हम एक मीडिया आइटम का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा सो so, उसके लिए हम एक मीडिया आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सो so, यहां पर मैं करूंगा क्या मीडिया आइटम मीडिया आइटम वन रख देता हूं क्योंकि हमारा पहला वीडियो होने वाला है इज equal to media sorry media आइटम डॉट फ्रॉम यू आर एब हम यू आर एल से वीडियो को प्ले करने वाले हम लोग स्टोर करेंगे और वीडियो को किसी ऑनलाइन स्टोरेज मीडियम में या सर्वर पर आप फायरबेस को भी यूज़ कर सकते हो हम लोग आने वाले प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं किस तरह से फायरबेस में स्टोर करना है वहां से यूआरएल को हम लोग डायरेक्टली हमारे ऐप में प्ले करा सकते हैं so, सो मैं यहां पर किया क्या फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अंडरस्टैंड करता है सो मीडिया आइटम हमारे पास एक क्लास है जिसका कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मीडिया आइटम वन एंड उसमें मैंने पास कर दिया हमारे वीडियो को अब यहां पर मैं वीडियो को पास करता हूं अब वीडियो की जो लिंक है मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में स्टोर करूंगा पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिक उपस, पब्लिक स्ट्रिंग वीडियो इज इक्वल टू ओके अब जो भी यूआरएल होगा हो वो मैं इस आ, आ, वीडियो स्ट्रिंग में स्टोर कर दूंगा एंड उसे पास कर दूंगा यहां पर नेक्स्ट okay. अब मैंने जो मीडिया आइटम क्रिएट किया है उसे मुझे डाल देना है प्लेयर के अंदर सो so, ये वीडियो है इसको मैंने डाल दिया सो so, ये वीडियो है उससे मैंने एक मीडिया आइटम क्रिएट कर लिया यूजिंग द मीडिया आइटम क्लास अब ये मीडिया आइटम किसको चाहिए तो ये मीडिया आइटम चाहिए हमारे प्लेयर को तो so, प्लेयर में हम लोग मीडिया आइटम को सेट करने वाले यूजिंग दिस सेट मीडिया आइटम फंक्शन अब इसके अंदर मैं पास करूंगा मीडिया आइटम ओके इतना होता ही हमारा जो प्लेयर है उसमें अब हमारा मीडिया सेट हो चुका है एंड वो प्ले होने के लिए रेडी है सो तो प्ले करने के लिए हम लोग प्लेयर डॉट रेडी फंक्शन का या प्रिपेयर जो हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारा प्लेयर है उसे रेडी करेगा एंड उस फंक्शन को यूज करेंगे देन प्लेयर डॉट प्ले प्ले जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे तब जो हमारा वीडियो है वो प्ले होने लग जाएगा लेकिन इस फंक्शन को यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ सो so, आपको अभी अभी मैंने जैसे लिखा है ये मेन एक्टिविटी में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है लेकिन आपको अगर किसी बटन पर क्लिक होगा तब वीडियो को प्ले करना है सो so, उसके लिए यहाँ पर ये प्ले डॉट प्ले फंक्शन है हम लोग अभी इस ऐप को रन करना लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ एक लिंक पास करनी पड़ेगी सो so, मैं उसके लिए क्या करूँगा यहाँ पर गूगल पे आ जाते हैं एंड डालते हैं टेस्ट वीडियो यू जिससे कि आपको टेस्टिंग के लिए कुछ यू मिल जाएंगे तो ये बहुत फेमस hmm, यूआरएल है जिसको कि आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते यहां पर मुझे एक यू मिला है पता नहीं मुझे कौन सा यूआरएल है लेकिन मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा आपको देखना है कि डॉट एम फोर रिटर्न होना चाहिए यूआरएल पे एंड अगर आप उसे क्रोम पे डायरेक्टली प्ले करते हो तो वो प्ले होना चाहिए देखो इस तरह से राइट सो ऐसा यू देखना है आपको जो कि क्रोम पे डायरेक्टली प्ले हो सकता है एंड उसे आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पर मैंने एक पब्लिक स्ट्रिंग रीट की थी वीडियो जो कि मैंने पास की है यहाँ पर आप डायरेक्टली यू आर पर पास कर सकते हो सो so, इतना करते ही हमारा जो सिंपल एक्सो प्लेयर है वो रेडी है एंड अब जब आप इसे प्ले करोगे या आपको जब आप रन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका आउटपुट एंड अभी आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से और मल्टीपल मीडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मतलब मल्टीपल मीडिया आइटम्स हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे एक प्लेयर में मींस एक के बाद एक के बाद एक आपका लूप में कैसे मीडिया uh, प्ले होने वाला है सो so, वो देखते हैं हम लोग सो so, जो भी सारे वीडियोज़ हैं उसको मैं लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर लूँगा एंड वन बाय वन इटेट करूंगा उस लिस्ट में एंड वन बाय वन सारे वीडियोज़ को मैं प्ले करूँगा सो so, मैं वैसे कैसे सो so, वो कैसे करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एर लिस्ट क्रिएट करूंगा एरे लिस्ट होती है उसमें हमें एक टाइप पास करना पड़ता है कि किस तरह से किस फॉर्मेट की आर लिस्ट आपको चाहिए तो यहाँ पर मुझे जो मीडिया आइटम क्लास है उसकी मुझे आर लिस्ट चाहिए तो मैं यूज करूंगा मीडिया आइटम क्लास को एंड यहाँ पर मैं मीडिया लिस्ट इसका एक नाम देता था एंड यहाँ पर मैं एक उसे नाम दे देता हूँ मीडिया आइटम्स ओके इज इक्वल टू न्यू आई एंड ओके सो यहाँ पर मीडिया आइटम्स नाम की मेरी आय रेडी हो चुकी है अब एक और फंक्शन होता है लिस्ट uh, का जो कि डॉट एड डॉट एड अब इसके अंदर मुझे क्या पास करने पड़े, पड़ेगा इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा मीडिया आइटम राइट क्योंकि ये लिस्ट स्टोर क्या कर रहे हैं मीडिया आइटम्स को तो मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे मीडिया आइटम्स एंड देन यहां पर मुझे पास करना पड़ेगा एंड अभी जो मीडिया आइटम्स की लिस्ट है उसमें वन बाय वन एड फंक्शन को यूज़ करके uh, मैं मीडिया आइटम्स को एड करने वाला हूं के लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले मीडिया आइटम्स में क्रिएट करूंगा यहां पर फॉर एग्जांपल मीडिया आइटम एंड मेरा ये सेकेंड मीडिया आइटम है राइट इज इक्वल टू मीडिया आइटम न्यू मीडिया आइटम राइट न्यू मीडिया आइटम डॉट फ्राम यू एंड यहाँ पर अगेन मैं वीडियो एक यूआरएल पास कर दूँगा एंड जो मेरा सेकंड मीडिया आइटम है वो मैं यहाँ पर पास कर दूँगा इस लिस्ट में ऐड कर दूँगा बेसिकली एंड डन तो जो हमारी आर लिस्ट है उसके अंदर मीडिया आइटम टू नाम का जो हमारा वीडियो है या मीडिया आइटम है वो ऐड हो चुका है एंड यहाँ पर ओके न्यू की ने यूज़ करना है कि हिसाब ओके okay, ठीक है अभी अब मैं और क्या करूंगा क्या कर सकता हूं अब ये जहां पर मैंने वन क्रिएट किया है उसके नीचे मैं वापस ऐड कर सकता हूं मीडिया आइटम्स में इस वन को सो मीडिया आइटम्स डॉट एड फंक्शन को मैं यूज़ करूंगा एंड मीडिया वन को सो so, अब मेरे पास दो वीडियोज़ अवेलेबल है मेरी लिस्ट में एंड अब इस लिस्ट को कैसे प्ले करना है वो देखेंगे सो प्लेयर डॉट सेट मीडिया आइटम जो मैंने यूज़ किया था एक मीडिया आइटम को सेट करने के लिए वो मैं अब डिलीट कर दूंगा मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब मुझे सेट करना मीडिया आइटम्स मोर दैन वन आइटम स्टोर करना है सो प्लेयर डॉट और यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही होगी सारी मेथड uh, जो अवेलेबल है प्लेयर क्लास के ऊपर तो मुझे सेट करना है मीडिया राइट सो मैं सेट मीडिया ही लिखूँगा और यहाँ पर मुझे बहुत सारे सजेशंस uh, मिल जाएंगे देख सकते हो सेट मीडिया आइटम्स इसके अंदर लिस्ट पास करनी है मुझे मीडिया आइटम की राइट right? एंड uh, यहाँ पर मुझे सूटेबल जो फंक्शन है वो चूज़ करना है सो so, यहाँ पर बुलियन वगैरह कुछ आ रहा है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे सिर्फ एक लिस्ट को पास करना है तो मैं इस फंक्शन को सिलेक्ट करूँगा एंटर करूँगा एंड यहाँ पर मैं मीडिया आइटम्स मेरा जो लिस्ट है उसे पास कर दूँगा एंड वी आर डन अब जो भी वीडियोज़ है वो एक के बाद एक लुक में प्ले होंगे लेकिन अभी हमने एक ही वीडियो को ऐड किया है देख सकते हो एक ही स्ट्रिंग है सो मैं इसे कापी कर लेता हूँ एंड पेस्ट एंड वीडियो टू कर देता हूँ मैं इसे एंड जो मेरा सेकेंड मीडिया आइटम है ना इसमें मैं वीडियो टू को पास करता हूँ एंड इसका जो यू आर एल है वो भी मैं दूसरा यू आर एल ढूँढता हूँ कोई अच्छा सा यू आर एल मिल जाए इलेवन सम्पल वीडियोज ओके ये सो hmm, ठीक so, है ओके okay, सर so मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ इसे प्ले कर सकता हूँ मेरे एप्लीकेशन में वीडो टू का जो यू है, उसे चेंज कर इसे जब आप प्ले करोगे तो उसका आउटपुट आप चें देख सकते हो कुछ इस तरह का आउटपुट आपका एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो वीडियो टू है वो आर में हमने ऐड किया था आर एन लिस्ट में तो वो बनी का वीडियो प्ले हो रहा है दैन जब मैं नेक्स्ट पे जो हमारा नेक्स्ट का बटन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो प्ले होगा एक के बाद एक सी तो जो भी सारे लिस्ट में आप लोग ऐड करते जाओगे वो वीडियो प्ले होते जाएंगे वन बाय वन बाद में हम लोग करेंगे क्या कि ये लिस्ट में हम लोग फायरबेस से लिस्ट बाद में हम करेंगे ये कि इस लिस्ट को फिल करेंगे यूजिंग फायरबेस डेटा तो so डेटाबेस में हम लोग सारे लिस्ट को स्टोर करेंगे एंड वन बाय वन उसे कॉल करेंगे हमारे एप्लीकेशन में एंड उसे लिस्ट में ऐड करते जाएंगे एंड इसी तरह से हम लोग उसे शो करेंगे सो so वो भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाला है तो so बने रहिए वीडियो के साथ एंड अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है और किस तरह से हम लोग मीडिया आइटम को क्रिएट करते हैं यहाँ पर मैं अपना थर्ड जो मीडिया आइटम है वो क्रिएट करूँगा मीडिया आइटम थ्री ओके अब मैं इसे एक अलग स्टाइल में क्रिएट करने वाला हूँ और वो देखेंगे क्यों मैं इसे अलग स्टाइल में क्रिएट करने वाला हूँ और उसके क्या एडवांटेजेस हैं सो सो मीडिया आइटम क्लास को मैं यूज़ करूँगा मीडिया आइटम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा मीडिया आइटम थ्री जो हमने अभी किया था अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या यहाँ पर हमने किया था फ्रॉम यू मीडिया आइटम डॉट फ्रॉम यू अब मैं यहाँ पर न्यू की को यूज़ करने वाला हूँ एंड बिल्डर क्लास को यूज़ करने वाला हूँ सो न्यू मीडिया आइटम डॉट बिल्डर सो ये वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ डॉट सेट मीडिया सॉर्ट सेट यूआरएल आर आई ओके यहाँ पर हम वीडियो का यूआरएल पास करने वाले जो हमने स्टोर किया था अब यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं कि जो मीडिया आइटम है उसके साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिंक कर सकते हैं अब कौन सी बहुत सारी चीज़ें हम लिंक कर सकते हैं सो तो आप इसे सो तो जब आप बिल्डर क्लास की यूज़ करोगे उस बिल्डर के क्लास के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है जिसे हम लोग अटैच कर सकते हैं हमारे आइटम के साथ उसे अटैच कर सकते हो हम लोग हमारे मीडिया आइटम के साथ अब जब आप डॉट प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कौन सी कौन सी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो फर्स्ट हमारे पास है सेट मीडिया आईडी अब हर एक जो वीडियो होगा उसको एक हम यूनिक आईडी दे सकते हैं अब यूनिक आईडी डी देने का क्या यूज़ है सो so, यूनिक आई से हम लोग उसे फ़ैच कर सकते हैं बाद में हमें कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उससे हम लोग बाद में फ़ैच कर सकते हैं इस जो ये वीडियो है ये जो फायर ये जो एक प्लेयर का कोर्स है इसे ख़त्म करने के बाद अगर इसका रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं कंप्लीट मूवी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला हूँ जो नेटफ्लिक्स है उसका मैं क्लोन क्रिएट करने वाला हूँ विथ सेम लेआउट हम लोग जो नेटफ्लिक्स का एक्चुअल वर्किंग है जिस तरह जिस तरह से पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करता है स्टोर करता है उसे भी इम्प्लीमेंट करने वाला है सो तो इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा लीजिए जो वीडियो उसे लाइक कीजिए ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो शेयर हो सके कमेंट कर सकते हो तो कमेंट कीजिए मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ बैक टू वीडियो यहाँ पर सेट मीडिया आईडी करता हूँ इसे एक आईडी देता हूँ फॉर एग्जांपल मेरा नाम ही दे देता हूँ अभिषेक मेरा नाम अभिषेक है और इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो मेरे बारे में जानने के लिए दैन सेट टैग एक टैग भी सेट कर सकते हैं हम लोग एंड देन इस टैग को यूज़ करके हम लोग वापस मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं सो मैं इसे टैग में मेरा सर नेम देता हूँ अभिषेक कंगे जो कि कंग मैं अपना सरनेम दे देता हूँ कंगे कंग है नेक्स्ट डॉट सेट यू तो हमने यूज़ कर लिया सेट एड्स कॉन्फिग्रेशन अब ये क्या चीज़ है सो so, इसे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं बट uh, अभी इसका थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेते हैं uh, जो भी YouTube में एड्स प्ले होती है राइट वीडियो के बीच में बीच में उस तरह के एड्स हम लोग किस तरह से हमारे जो वीडियो है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं सो so, उसके लिए यहाँ पर ऐड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज़ करते हैं और जो भी ये मीडिया होगा इसके बीच में हम लोग कौन सी एड को प्लेस करने वाले हैं वो यहाँ पर सेट करते हैं सो so, इसे हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि उसके लिए हमें एक एड प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा जो हमें ऐड्स प्रोवाइड करेगा देन जो आई एड्स होती है वो प्रोवाइड करेगा एंड उसे हम उस लिंक को हम लोग यहाँ पर पास करने वाले हैं सो इसे हम बाद में देखने वाले हैं एंड और भी हमारे पास ऑप्शन हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर सेट माइंड टाइप है यहाँ तो पर हम माइंड टाइप सेट कर सकते हैं स्ट्रीमिंग कीज है जब आपको स्ट्रीम करना होगा एक्सो प्लेयर में डायरेक्टली फ्रॉम कोई सर्वर तो उसके लिए भी है वो भी देखेंगे हम लोग आने वाली वीडियोस में सेट लाइव कॉन्फ़िगरेशन, सो तो ये भी स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग में यूज होता है आ, और सब भी डाल सकते हो आप वो भी आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरह से डाल सकते हो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है डॉट बिल्ड सो so, इस तरह से हम लोग मीडिया आइटम क्रिएट कर सकते हैं और एक स्टाइल में और ये जो हमने क्रिएट किया अभी ये हमें कस्टमाइजेबल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि हम लोग इसके साथ हमारा यूआरएल ऐड कर सकते हैं वो तो सबके साथ कर सकते हैं देन मीडिया आईडी ऐड कर सकते हैं टैग ऐड कर सकते हैं एड्स को ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग मीडिया uh, आइटम के साथ बाइंड कर सकते हैं सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी फॉर्मेट को यूज़ कीजिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको कुछ ऐड नहीं करना है सिंपल एक्सोप्लेयर यूज़ करना है तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं डायरेक्टली फ्राम यू अब नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे ये कि हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे नो प्रोजेक्ट से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा यहाँ पर जो हमने सिंपल प्लेयर व्यू यूज़ किया है आप इस यहाँ पर स्टाइल्ड प्लेयर व्यू भी यूज़ कर सकते हो जिससे कि बहुत सारे कस्टमाइजेश जिससे कि बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे हटा देता हूँ एंड स्टाइल्ड प्लेयर व्यू ओके नेक्स्ट यहाँ पर आपने स्टाइल्ड प्लेयर व्यू यूज़ किया राइट सो मेन एक्टिविटी में यहाँ पर भी आपको स्टाइल्ड प्लेयर व्यू यूज़ करना पड़ेगा स्टाइल्ड प्लेयर व्यू एक्सो प्लेयर व्यू अब देख सकते हो आप स्क्रीन पर इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देगा एंड थोड़ा सा स्टाइल्ड दिख रहा है हमारा व्यू सो तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो अब हम करेंगे ये कि फायर से डेटा लेकर आएंगे एंड उसे स्टोर करेंगे एरे लिस्ट में एंड देन शो कराएँगे यूज़र को वन बाय वन उसके लिए मैं क्या करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे हम कनेक्ट करने वाले फायर बेस से सो तो उसे अगर कनेक्ट करना अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो के साथ बने रहिए और ध्यान से सुनिए मेरी बातों को सो so यहाँ पर टूल्स में आपको आ जाना है यहाँ पर फायरबेस पर क्लिक करना है राइट right साइड में फायरबेस का जो असिस्टेंट है जो हमें गाइड करेगा इंटीग्रेट करने में हमारे एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ वो ओपन हो जाएगा एंड आपको स्क्रॉल अप करना है यहाँ पर रियल टाइम डेटा का ऑप्शन दिख रहा है आपको इसे ओपन करना है आपको गेट स्टार्टेड विथ रियल टाइम डेटा इसे ओपन करना है एंड यहाँ पर कनेक्ट टू फायरबेस ऑप्शन दिखाई देगा तो so उसे क्लिक करना है और हमारा जो फायरबेस का डैशबोर्ड है वो अभी लॉन्च हो जाएगा एंड देख सकते हो आप लोग ये हमारा फायरबेस का डैशबोर्ड है यहाँ पर मेरे पास दो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हैं जो कि मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट हैं सो so अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मेरे से बनवाना है सो so आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा एंड यहाँ पर एक ऐड प्रोजेक्ट में क्लिक करूँगा एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो नाम है प्रोजेक्ट का वो आ चुका है यहाँ पर आप इसे चेंज भी कर सकते हो पर लेट भी मैं रहने देता हूँ आई कन्फर्म एंड कंटिन्यू यहाँ पर भी मैं कंटिन्यू करूँगा अकाउंट डिफॉल्ट अकाउंट में सिलेक्ट करूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम वही आपको सिलेक्ट करना होता है क्रिएट प्रोजेक्ट एंड थोड़ा टाइम लेगा ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा एंड जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बिल्ड होता है मैं आपको वहीं पर मिलूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आप जल्दी से जल्दी वीडियो को कम्प्लीट करके एक प्लेयर को सीख सके हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है कंटिन्यू पर योर प्रोजेक्ट योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी एक्सो प्लेयर ट्यूटोरियल सो so कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और मेरा जो इंटरफेस है वो फायर का ओपन होगा और उससे पहले यहाँ पर मुझे शो होगा कि योर फायर बेस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द एंड स्टूडियो तो लोड हो रहा है अभी कुछ ही टाइम में दिखेगा आपको कनेक्ट ओके कनेक्ट करना मुझे क्रिएट हो चुका है अभी एंड अभी कनेक्ट हो जाएगा सी कनेक्टेड टू ए फायरबेस अकाउंट ओके अब मैं यहाँ पर फायर को ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट दूसरे टैब में फायरबेस में सर्च करूँगा एंड फायर की जो वेबसाइट है ये है इसमें इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे गो टू कंसोल ऑप्शन आ रहा है गो टू कंसोल दैन जो हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी हमने क्रिएट किया था एक्सो प्लेट टूटोरियल उसे मैं ओपन कर लूँगा सो so, ये हमारा फायरबेस का डैशबोर्ड एंड यहाँ पर बिल्ड में आपको आ जाना है एंड जो रियल टाइम डेटा है उसको हम यूज़ करने वाले हैं वहाँ पर लिंक्स को स्टोर करके हमारा जो भी ऐप है उसमें हम कॉल करने वाले हैं सो मैं इसे ओपन कर लूँगा एंड अगर आपको रियल टाइम डेटा नहीं पता तो आप लोग इस वीडियो को देख सीख सकते हो एंड बाद में मैं रेकमेंड करूंगा आपको हमारे वर्कशॉप में आने के लिए जहां पर हमने कंप्लीट एंड्रॉइड डेवलपमेंट सिखाया है स्क्रैच से एंड एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी हमने क्रिएट किया है सो so वहां से आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा जहां पर मैं लाइव सिखाने वाला हूं आपको एंड यहां पर टेस्ट मोड में मैं ऑन करूँगा इसे सो so हमारा रियल टाइम डेटा भी क्रिएट हो जाएगा देख सकते हो ओके सो ये हमारा रियल टाइम डेटाबेस है एंड इसमें नोट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है अभी जब मैं स्टोर करूंगा तो आपको समझ में आएगा किस तरह से डेटा स्टोर होता है अब करना क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाना है हमारे यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है तो हमारी जो ये मीडिया आइटम्स की लिस्ट है ना इसमें हमें डेटा को लाना है फायर से फायरबेस से लाना है तो फायर तो का एक इंस्टेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए फायरबेस डेटा का मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ करनी बाकी रहेगी है वो है उसके एच डी को, को इम्पोर्ट करना सो so, हम इसकी लाइब्रेज़ को एड करेंगे एक्सेप्ट चेंजेस एंड ग्रेडल बिड हो जाएगा एंड सारी लाइब्रेज है जो वो इम्पोर्ट हो जाएगी एक सर्वर से एंड uh, हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएंगे दैन हम लोग फायर बेस, बेस को यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट रेडी है अब हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे फायरबेस डेटा का फायरबेस डेटा And database. अब मैं इसको यहाँ पर यह करूँगा initialize करूँगा Then मैं अब यहाँ पर मैं इसका एक instance get करूँगा अब मैं यहाँ पर इसका एक instance get करूँगा डेटा बेस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस जैसे हम लोग फाइन व्यू बाड यूज करते हैं किसी भी कंपोनेंट को लिंक करने से उसके उसी तरह हम लोग इंस्टेंस गेट करते हैं फायर बेस का हम उसे स्टोर करते हैं हमारे जो भी यहाँ पर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है उसमें नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ पर मैंने एरिस्ट क्रिएट किया है उसी के नीचे मैं डेटा लेके आऊंगा गेटिंग डेटा फ्रॉम फायर राइट फ्रॉम ओके एंड उसके लिए क्या करूँगा मैं डेटा uh, बेस का जो ऑब्जेक्ट उसी यूज करूंगा डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड एंड चाइल्ड में मेरे पास होंगे वीडियो वीडियोज ओके तो मैं चाइल्ड क्रिएट करूंगा वीडियोज नाम का then add okay new view on new new view on value style, okay. <coughs> अब मैं आ जाता हूँ मेरे फायर बेस में अब मैं करूंगा यहाँ पर की एक वीडियो नाम का एक नोट create करूंगा नोट create करने के बाद यहाँ पर plus sign पर क्लिक करूंगा and यहाँ पर मैं वन so डालता हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट यूआरएल होने वाला है यहाँ पर मैं यूआरएल आर एल हूँ एंड ये वैल्यू सेक्शन है ना इसमें मैं एक्चुअल यू आर स्टोर करने वाला हूँ सो so मैं यूआरएल आर उठाऊँगा इंटरनेट से वापस टेस्ट यू यूआरएल लिंक्स कॉपी सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो ही वीडियो एड करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें कॉल करना है सो so वीडियोज़ के अंदर वन है मेरे पास टू है उसके अंदर मेरे पास है वीडियो के लिंक्स अब मैं क्रिएट करूँगा एक क्लास अब मैं क्लास क्यों क्रिएट कर रहा हूँ वो आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जब भी हमें फायरबेस से कोई डेटा फेच जब भी हमें फायरबेस से कोई डेटा फेच करना होता है तो हम उसे इस तरह से सो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं क्लास क्यों क्रिएट करते हैं तो हम एक डेटा टाइप क्रिएट करते हैं एंड देन उसके हेल्प से हम लोग फैच करते हैं अगर आपको फायर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको आप फॉ फॉलो अलॉन्ग कीजिए सेम एंड मैं रेकमेंड करूंगा आपको ज्वाइन करना मेरा वर्कशॉप जहां पर मैंने डिटेल में फायरबेस को एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन किया तो मैं यहां पर आ जाता हूं यहां पर एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ एंड इसका मैं नाम देता हूँ मॉडल क्लास ओके मॉडल एंड यहाँ पर स्ट्रिंग यू अब यहाँ पर मैंने यू की यूज़ किया है ये वही यू है जो मैंने फायर में की दी थी सो so, मैंने यू आर एल की दी थी इसलिए मैंने यहाँ पर यू आर एल को यूज़ किया है यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा जनरेट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं नहीं पढ़ा होगा तो आप फॉलो अलॉन्ग कीजिए कॉपी कीजिए सिमिलर कोड को जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स ओके यहाँ पर एक एम कंस्ट्रक्टर भी मैं क्रिएट करने वाला हूँ जनरेट कंस्ट्रक्टर एंड ये वाला ओके okay. इतनी चीज़ें आपको करनी है अगर आपको समझ में नहीं आया तो सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, आपको यही चीज़ें बार बार इम्प्लीमेंट करनी है सो so, इतना कोड मैंने लिख लिया है आपको भी यही लिखना है देन आ जाना मेन एक्टिविटी में अब यहाँ पर डेटा स्नैपशॉट की फॉर्म में डेटा आ रहा है देख सकते हो यहाँ पर डेटा स्नैपशॉट मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा एंड जो सारी लिस्ट है वन बाई वन इडेट करूँगा तो डेटा स्नैप स्नैपशॉट वन में सारे स्नैपशॉट के चिल्ड्रन को गेट करूंगा मैं गेट चिल्ड्रन फंक्शन की वजह से इसे भी आप लोग फॉलो ऑल कर सकते हो अगर आपको फायर का नॉलेज नहीं ज़्यादा तो एंड uh, यहाँ पर मैं क्या करूँगा इस स्नैपशॉट में, में मेरी वैल्यू आ रही है ना तो so, जो हमने क्लास क्रिएट किया ये मॉडल क्लास इसे मैं यूज़ करूंगा मॉडल माई मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा माई मॉडल नाम से और ये क्लास है हमारा ये ऑब्जेक्ट है न्यू स्नैपॉट वन से मैं डेटा लेकर आ रहा हूँ राइट स्नैप शॉट वन डॉट गेट वैल्यू जो भी स्नैप में स्टोर होगा वो इस फॉर्मेट में जो हमारा यू का फॉर्मेट है उससे फेच हो जाएगा माय मॉडल के अंदर वन बाय वन एंड इसके अंदर मुझे एक पास करना होता है मॉडल नेक्स्ट okay. अब जो भी लिस्ट है हमारी जो आर लिस्ट है मीडिया आइटम्स की उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा हमारा ये माय मॉडल और आई डॉन्ट सिंग सो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि मीडिया आइटम्स कौन सा टाइप का फॉर्मेट यूज करता है उसको चाहिए एक मीडिया आइटम सो हमें एक मीडिया आइटम क्रिएट करना पड़ेगा मीडिया आइटम मीडिया आइटम इक्वल टू मीडिया आइटम मीडिया आइटम डॉट फ्रॉम यूआरएल, सॉरी मीडिया आइटम डॉट फ्रॉम यूआरएल, आर एल अब यू आर कहाँ से आएगा यूआरएल आएगा माय मॉडल से माय मॉडल डॉट गेट यूआरएल, राइट सो हमने यू लेके आए हम लोग मॉडल के फायर बेस से एंड देन यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया अब मीडिया आइटम को हम लोग ऐड कर देंगे हमारे लिस्ट में सो मीडिया आइटम जो हमारे पास है उसमें ऐड कर दो भाई इस मीडिया आइटम को सो फॉर लूप चलेगा दूसरा यूआरएल आ जाएगा उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा मीडिया आइटम्स में एड हो जाएगा इस तरह से सारे जो भी फारब में स्टोर हुए हमारे मीडिया आइटम्स वन बाय वन सारे फैच हो जाएंगे एंड स्टोर हो जाएंगे हमारे लिस्ट में अब लिस्ट को हमने क्या कर रखा है तो यहाँ पर हमने प्लेयर में लिस्ट को ऐड कर रखा है सो प्लेयर डॉट सेट मीडिया आइटम्स और मीटिया मीडिया आइटम्स में हमने जो भी सारे वीडियोस हैं वो वन बाय वन हमारे प्लेयर uh, में प्ले होते जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट सो तो इस तरीके से हम लोग फायरबेस से डेटा को फेच कर सकते हैं एंड हमारे प्लेयर में शो करा सकते हैं तो so, ये थे सारे बेसिक्स ऑफ एक्सो प्लेयर और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी एक प्लेयर में जैसे कि एड्स को इंटीग्रेट करना है हमारा जो मूवी का एप्लीकेशन है वो क्रिएट करना है uh, कुछ प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करना है और ढेर सारी चीज़ें देख सकते हो आप यहाँ पर वेबसाइट पर इनकी वेबसाइट पर सारी चीज़ें अवेलेबल है लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करनी है किस तरह से मीडिया को डाउनलोड करना है एड्स को कैसे इंसर्ट करना है ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के पार्ट टू में कवर करने वाला हूँ बिकॉज़ ये वीडियो है वो थोड़ा लेंदी हो चुका है और मोस्ट ऑफ़ द लोग लेंदी वीडियो देखते नहीं हैं सो so ये है पार्ट वन और मैं ज़रूर से ज़रूर पार्ट टू अपलोड करने वाला हूँ इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ और इस वीडियो को बहुत सपोर्ट दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो टू अपलोड कर सकूँ एंड क्रिएट ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो टू क्रिएट सो so, मैं जल्द से जल्द पार्ट टू इसका क्रिएट कर सकूं एंड आप लोगों तक पहुंचा सकूं चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट मैं फास्ट अपलोड करने वाला हूं रिलेटेड टू एंडल डेवलपमेंट रिलेटेड टू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जहां पर मैं प्रॉब्लम्स में एंड एलगोरिदम्स में सॉल्व करने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें गेम डेवलपमेंट भी आने वाला है बहुत सारी चीज़ें आने वाली है चैनल के साथ बने रही मैं मिलूंगा आपको दूसरी कोई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सी